हलो दोस्तों आज हम जीमेल के नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं आज से बदल जाएगा जीमेल ऐप ऐप पर मेल के साथ चैट स्पेस और मीट का ऑप्शन भी मिलेगा तो आइए जानते हैं न यूज़ करने के प्रोसेस गूगल की जीमेल सर्विस आज से बदलने वाली है कंपनी ऐप के लिए इसके नए रेल की टेस्टिंग शुरू कर रही है इसके बाद धीरे धीरे यूजर्स के लिए इसे रोल आउट किया जाएगा माना जा रहा है कि अप्रैल तक सभी यूजर्स को ये लेआउट मिल जाएगा नए लेआउट से यूजर्स के लिए जी को यूज़ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा यूजर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर मेल चैट स्पेस और मीट के ऑप्शन भी दिए जाएंगे जी का जी का नया लेआउट कैसा होगा चलिए जानते हैं जी का मौजूदा ले आउट जी मेल ऐप के, के मौजूदा ले में यूजर को मेल और मीट का ऑप्शन मिलता है जबकि नए लेआउट में यूजर को मेल चैट स्पेस और मीट चारों ऑप्शन एक साथ मिलेंगे यानी यूजर को इन सभी के लिए अलग अलग ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होगी नए लेआउट के बाद यूजर यू, नया ले, नए लेआउट के बाद यूजर मेल के साथ साथ चैट भी यहाँ से कर पाएंगे यानी उसे हैंग आउट यानी उसे हैंग आउट की ज़रूरत नहीं होगी ग्रुप चैट के लिए भी यहां से ऑप्शन मिलेगा साथ ही आप साथ ही आप गूगल मीट की मदद से यहां से वीडियो मीटिंग कर पाएंगे कल cool मिलाकर आपको एक ही जगह कॉल cool मिलाकर आपको एक ही जगह स्विच करने के सभी ऑप्शन मिलेंगे तो चलिए जानते हैं कि इन यूज़र को ये लेआउट पहले मिलेगा गूगल का कहना है कि जीमेल का जीमेल का नया लेआउट सबसे पहले बिजनेस यूजर्स को मिलेगा जीमेल की ओर से नई सर्विस रोलआउट होने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाकर जीमेल ऐप को अपडेट करना होगा तो ये अपडेट आपको तो ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद